बताना क्या आता है उनको तुम्हें चुपकराना तुम जिनके हो अभी उनके वाले बताना क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना तुम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना हम वादा करते हैं क्या तुम भी करते हो que parte para o autor e a comevar já tumbum se eu fiz o ha